आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पहले ये बच्चों के लिए हो हुआ करता था लेकिन अब भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है जिसपे आप किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट आप आसानी से बना सकते हैं तो चलिए हम इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये बनाई जाएगी तो इसके लिए आपको कोई एक ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है उसके बाद ये जो लिंक है सर्विस ऑनलाइन इस पर आपको जाना है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से नज़र आएगी इसका इंटरफेस इस प्रकार होगा सकते हैं ये मेनू का ऑप्शन से इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये रजिस्टर तो आपको सबसे पहले इस पर लॉगिन पासवर्ड बनाना है तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्टर के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम डालिए फुल नेम पर इसके बाद आपको ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर आप इस प्रकार से डाल दें इसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है पासवर्ड आप अपने मर्जी का किसी भी प्रकार का डाल सकते हैं और यहां पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है जिस जिस स्टेट से आप हो, वो आप यहां पे सेलेक्ट कर दीजिए उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा डालने के बाद ये जो सबमिट लिखा हुआ है इस पर आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आपके वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पर और ईमेल पर एक ओ आएगा इन दोनों पे तो इस पे आपको जो है ओ फिल करना है तो आप देख सकते हैं आपके मेल पर एक ओ गया होगा तो उस पे आपको फिल करना है तो आप देख सकते हैं जो मेरे ईमेल आईडी पे जो ओ आया है उसको मैंने डाल दिया है और इसके बाद आपको मोबाइल पर जो आपके मोबाइल पे ओ आया है उस ओ को आपको यहाँ पर दर्ज करना है तो चलिए हम उसको भी दर्ज कर देते हैं उसके बाद वैली डेट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है वैली पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर योर सेल्फ यू यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेड तो आपका यूज़र आई और पासवर्ड बन चुका है तो आपका यूज़र आई जो रहेगी वो आपकी मेल ही रहेगी और पासवर्ड आपने जो बनाया था वो ही आपको पासवर्ड डाल देना है तो चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं इसके बाद आपको मेनू पे क्लिक करना है मेनू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे लॉगिन इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है ये लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड अब आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है तो आपने जो यूज़र आईडी बनाई हो आप वो दर्ज कर सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने लॉगिन यूज़र आईडी भी डाल दी है पासवर्ड भी डाल दिया है और आप जो ये कैप्चा देख रहे हैं ये कैप्चा भी मैंने फ़िल कर दिया है अब ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है लॉग तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल खुल करके आ गई आप यहाँ साइड में देख सकते हैं ये नाम पड़ा हुआ है और आप जिस लैंग्वेज में इसको लगाना चाहें उस लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं जो भी आपकी क्षेत्रीय बोली हो भाषा हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्टेट उत्तर प्रदेश और ये मेरी प्रोफाइल है यहाँ से आप लॉगआउट वगैरह भी कर सकते हैं तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये साइड में तीन डॉट जो दिख रहा है मीनू का ऑप्शन से इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैनेज प्रोफाइल ये और अप्लाई सर्विस वाई स्टेटस एप्लीकेशन या कोई भी आप जब आवेदन करेंगे तो उसका आप यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं मैसेज एलर्ट और रिपोर्ट सो तो आप इसमें पहले देख लीजिए मैनेज प्रोफाइल में तो आप देख सकते हैं वाई प्रोफाइल सिटीजन एडिट प्रोफाइल चेंज पासवर्ड यहां से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं प्रोफाइल अपनी एडिट कर सकते हैं इसके बाद आप अप्लाई सर्विस पे देखिए तो यहां पे वाइव ऑल अवेलेबल सर्विस तो हम इसकी सर्विस देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है तो चलिए हम आपको अब बर्थ सर्टिफिकेट करके दिखाते हैं तो आप ये देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस ऊपर लिखा हुआ तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जहाँ का भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप बना सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर कनेक्शन मैरी सर्टिफिकेट डेथ रजिस्ट्रेशन बर्थ रजिस्ट्रेशन चेंज रिपेयर स्ट्रीट लाइट बल्ब यहाँ पे कई सर्विसें दिख रही हैं तो आप इसमें से अगर बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जन्म मृत्यु पंजीयन संख्या कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी तो अब आपको यहाँ पर हम आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाते हैं ये यह यहाँ पे आपको जन्म बालक का नाम जो जो भी आप अपने मान लीजिए बालक का नाम है तो वो यहाँ पे आप उसका नाम डाल सकते हैं तो चलिए हम उसका नाम डाल देते हैं उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी दिनांक हो वो डाल दीजिए उसके बाद जन्म दिनांक शब्दों में तो ये तो अपने आप ले लिया अब आप यहाँ पे उसका लिंग आप उसका जो है सेलेक्ट करेंगे कि लड़की है या लड़का है तो आपको जो है उसका यहाँ पे लिंग सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद पिता का नाम उसके पिता का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है उसके बाद पिता की सामग्र आईडी अगर उसके पास आईडी हो या आधार नंबर हो तो यहाँ पे आपको उसकी सामग्री आईडी फिल कर देना है उसके बाद माता का नाम उसके माता का जो भी नाम हो आपको यहाँ पे उसका फिल कर देना है उसके बाद उसकी माता की सामग्र आईडी डी यहाँ पे यहाँ पे आपको अपना जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट करना है और अगर आपका नगरपालिका लगता है म्यूनसिपालिटी तो वहां पे आपको म्युनसिपाली सेलेक्ट कर देना है इसके बाद यहां पे आपको अपनी नगर पालिका सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद जन्म संबंधी विवरण तो जो भी उसके जन्म से जन्म से संबंधित हो विवरण हो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है जन्म का स्थान उसका इसमें आपको जन्म का स्थान इस पर आपको ये बताना है कि जो भी बच्चा है वो आपका घर पे हुआ है या अस्पताल में हुआ है अगर घर पे हुआ है तो आपको घर पे टिक लगा देना है जन्म का स्थान यहाँ पे आपको बताना है यानी उसका पता जो भी उसका पता हो यहाँ पे आपको फिल कर देना है कोई लैंडमार्क या स्ट्रीट हो आपको वो डाल देना है इसके बाद आप आपको देश ये तो अपने आप ही सिलेक्ट है यहाँ पे आपको कुछ नहीं वरना स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी स्टेट हो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए जिला आपका जो हो वो आपको ज़िला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद जो पिन कोड हो आपको यहाँ पे वहाँ का पिन कोड दर्ज कर देना है और आपका जो पता हो तो पोस्टल कोड का जो आपका घर का एड्रेस हो यहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपका मार्ग या इस्ट्रीट वार्ड नंबर आपका जो भी वार्ड लगता हो वो वार्ड यहाँ पर भर दीजिए उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना दर्ज कर सकते हैं इसके बाद देश कंट्री ये आपका तो सिलेक्ट है ये स्टेट, इस्टेट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद ज़िला आपका जो हो वो ज़िला आपको यहाँ पे लगा लेना है उसके बाद पिन कोड यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आवेदक का विवरण जो भी आवेदन कर रहा है उसके माँ बाप में से कोई भी या भाई उसका तो उसका यहाँ पे पूरा नाम और उसका पता यहाँ पे एप्लीकेशन कैंट में रखना है उसके बाद आवेदक के बालक से के साथ क्या उसके संबंध हैं आवेदक का पता मार्ग उसका वार्ड नंबर और कंट्री स्टेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है आप उसका जो है जिला भी सेलेक्ट कर सकते हैं पिन कोड डाल दें पिन कोड डालने के बाद आप ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और हम आपको बता दें कि साइड नहीं होने की वजह से नया आवेदन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भी। इस पे वर्क चल रहा है और जैसे भी ये साइड सही होगी तो हम आपको आगे भी इसका पूरा आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताएँगे क्योंकि अभी यह कई स्टूडियो में लाइव भी नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल ये मध्य प्रदेश राजस्थान और कुछ गिने चुने स्टेट हैं जहां पर ये सिर्फ बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो रहा है बाकी जगह नहीं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा